आज बात करेंगे डेली यूज सेंटेंसों के बारे में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डेली बोले जाते हैं ये आपके दैनिक जीवन में यूज होते हैं पहला हमारा सेंटेंस है जस्ट कमिंग मैं अभी आ रहा हूँ वेरी वेल बहुत अच्छा फाइन गुड अच्छी बात है यू एस यू लाइक या एस यू फ्लीज जैसी आपकी मर्जी एनी एल्स और कुछ दैट्स इनफ बस रहने दो थैंक्स फॉर दिस ऑनर इस सम्मान के लिए धन्यवाद ओके okay. अच्छा वाई नाट क्यों नहीं नाट अब इट थोड़ा सा भी नहीं टेक केयर ध्यान रखना सी यू टुमारो कल मिलेंगे एच एस माई ऑल मीन्स हाँ जरूर दैट इज टू मच बहुत है येस yes, सर हाँ सर नो नॉट इट ऑल नहीं अभी नहीं नेवर माइंड कोई बात नहीं नथिंग एज और कुछ नहीं नथिंग स्पेशल कोई बात नहीं वेलकम आइए तो इसी प्रकार के डेली यूज सेंटेंसों और इंग्लिश सीखने के लिए हमारे फाद बने रहें वीडियो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें थैंक यू